है फेरोग गोल्ड पान फेरेरो गोल्ड पान फेरेरो गोल्ड इस... इसकी क्या कॉस्टिंग क्या होगी देखिये जी ये नॉर्मली तो आपको यहाँ पे 125 और 150 हंड्रेड के बीच में मिल जाता है पर अगर आप इस पे सोने का वर्क लगवाते हैं तो ये अफकोर्स प्योर 24 कैरेट गोल्ड के साथ 750 हंड्रेड एंड फिफ्टी विद टू फेररो रोशन आपको मिलता है जी तो मैं अगर आपसे कुछ पूछूँ जैसे की बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता की पान खाने के कुछ फायदे जी तो क्या फायदे हुँ? क्या फायदे होते पान खाने के? पान खाने से एक नहीं अनेक फायदे हैं क्योंकि ये जो जादू का पत्ता आप देख रहे हैं ना ये हरा पत्ता हाँ। इसी पत्ते के अंदर मल्टीपल फायदे हैं इसके ऊपर जब चूना चटनी और कत्था मिक्स हो जाता है और ये पेस्ट बन जाता है हाँ। और इसकी ये जो ग्रीन वेन्स जो साइंस के स्टूडेंट्स और सारे लोग जानते हैं इट्स अल्टीमेट Hmm. और ये सबसे रिच सोर्स है कैल्शियम का hmm. और जब ये पेस्ट बन जाता है ये आपके गले के अंदर जाता है और आपके गले को मॉइस्ट रखता है hmm. खासकर जो सिंगर्स होते हैं लॉन्ग और इलायची के साथ खाते हैं okay. तो आपके गले को मॉइस्ट रखता और सूखने नहीं देता और जो कत्था है वो आपके गले थ्रोट के लिए वरदान है hmm. ये चांदी का वरक है इन वेरी वेरी माइन्यूट क्वांटिटीज इट्स मिनरल सारे लोग जानते हैं हार्ट hmm. के लिए बड़ा ही मस्त अब आग इसमें आगे जो जो इन्ग्रीडियंट डालते जाएंगे हाँ। सबसे पहले तो वो हमारी मम्मी के किचन के शेल्फ पे आपको जरूर मिलेंगे हाँ। अगर हमारे किचन के शेल्फ पे होते हैं तो हम ये समझ सकते हैं और जानते हैं कि वो हमारी हेल्थ के लिए अल्टीमेटली वेरी वेरी वेरी गुड होते हैं देखिए अब इसके अंदर हम डालेंगे फ्रेश डेट्स आप सब जानते हैं अरब दुबई यू या कुछ भी बोल लीजिए वहां के जो बड़े बड़े रिच अरब है वो खजूर शाही फ्रेश डेट्स hmm. hmm. हर रोज विदाउट फेल खाते हैं ah. सारे मेल जा, जानते हैं जी ये वाइटालिटी और एनर्जी के लिए अमेजिंग होता है इट्स अमेजिंग नाउ वी हैव सोफ हमारी मम्मा की किचन में आपने जरूर देखा होगा बिरयानी में पोहे में और बहुत सारी चीजों में चाय में यूज होता है इसमें बहुत सारा फाइबर होता है एंड hmm. फाइबर हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है hmm. अच्छा उसके बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा कोकोनट ओके हाँ जी और ये ब्लैक ये लक्ष्मी चूड़ा है लक्ष्मी इसके अंदर ना बड़े सारे हिडन इंग्रेडिएंट्स uh, है विच आर वेरी गुड अगेन फॉर योर थ्रोट ओके यस और ये खोपरा है खोपरा जो होता है जी साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है एवरी बडी नोज और साउथ इंडियंस के बाल और स्किन बाल लंबे होते हैं घने होते हैं स्ट्रोंग होते हैं hmm. गंजापन किसी को नहीं होता और वो फायदा करता है ये हमारा खोप का ये जो आप हरे पत्ते देख रहे हैं ना अभी हाँ हम ग्लूकन डालने की तैयारी कर रहे हैं हरा वाला जो पत्ता आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं मलाठी का पत्ता हाँ, का पत्ता तो इस... गुलट्ठी का पान खा लो ये तो वाला और मैंने पाउडर पाउडर जगह हम लोग ग्रीन लीव डाली है अब ये देखिए हमारा मैजिक इनग्रीडियंट ग्लूकन इस ग्लूकन के बारे में जितना बोला जाए काम में इतना अच्छा ये मस्त सी चीज है आयुर्वेदा में इसको एक स्पेशल प्लेस दी गई है mm. रोज पेटल्स से बनता है मिक्स्ड विथ शुगर मीठा होता है पर मीठा होने के बावजूद भी मिठाई से दस हजार लाख गुना कम आपको ये प्रॉब्लम देता है okay. इसमें ड्राई फ्रूट्स हैं रोज पेटल्स फुल ऑफ फाइबर होते हैं पेट mm. को कूल रखते हैं ठंडक देते हैं आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होते okay. तो इट्स अ फुल बॉम ऑफ हेल्थ जिसको इतना डिफेम किया हुआ है हमारी कंट्री में पान को ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है या ऐसा प्रोडक्ट है सारे यंगस्टर्स को जरूर खाना चाहिए और हम इंडियंस को सिंस एजेस आफ्टर मील्स इट हेल्प्स इन टाइप अमेजिंग ये तो आपने पूरा पूरा लेक्चर लगा दिया मुझे ना कुछ फायदे बता दो क्या करूं बहुत सारे फायदे हैं मेरा बस चले तो मैं बोलती रहू इन फायदों के बारे में क्योंकि यंगस्टर्स को बताना बड़ा जरूरी है कि देखिए ये प्रोडक्ट अमेजिंग है आप पिज्जा खाते हैं आप बर्गर खाते हैं है ना पिज्जा मोटा कर देता है बर्गर मोटा कर देता है पर आप ये प्रोडक्ट पान, प्रड़क्त पान प्रड़क्त मोटा ये देखो भाई अब ये पांच तरीके की चटनी है जो इसके अंदर डलेंगी खस है ये सैंडल खस रात की रानी ये कौन सा भाई रात रानी का फूल होता है ना फूल होता के का फूल है और ये वाली कौन सी है सैंडल चंदन भाई तो मतलब एकदम काफी प्रीमियम लेवल का पान है ये अगर मैं बात करूँ तो बहुत प्रीमियम लेवल का पान हो गया प्रीमियम बंदा भी तो खाएगा मतलब आज वो प्रीमियम बंदा नहीं खा रहा आज लोकल बंदा खाएगा क्या बात है और ये है बेला देख लो भाई चटनिया सिर्फ समोसे में नहीं डलती पान में भी डलती ये लीची गोल्ड ये पान इसमें वो गोल्ड गोल्ड की लगा सोने का प्योर लगा। भी लगाया और सिल्वर भी लगा गोल्ड ये रही जी हमारी चॉकलेट चॉकलेटेस जो एक पीस आएगा इसके अंदर और एक पीस आएगा बाहर तो इसकी कॉस्ट है सेवन फिफ्टी रुपीज और अगर आपको भी खाना है तो आप सीपी में आ सकते हो यामूस पंचायत नहीं तो आप डिलीवरी भी कर देते हो आंजी, आंजी, और यामूस पंचायत डॉट कोम हमारी वेबसाइट एकदम तो, रेडी है यामूस पंचायत मैंने ऊपर आपको लिंक डाल दिया उस पर जाकर ऑर्डर भी कर सकते हो और आपके घर पे आ जाएगा प्लस बेटर तो यही है कि आप आके खा लो तो ज्यादा बढ़िया है अगर आप आ सकते हो सी तो लोग आते रहते घूमते रहते और इतना खुल गया, खुल गया खाना वाना इतना खाने के बाद लोगों को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए तो अब इस पान को किया जा रहा है पैक क्योंकि अभी ये जाने वाला है दीपन के मुंह के अंदर और आप देख सकते हो ये साढ़े सात सौ रूपये का प्रीमियम पान है और प्रीमियम, प्रीमियम बोला तो उसको लग्जरी पान है एक्चुअली ये क्यूँकि इसमें गोल्ड लगेगा सिल्वर भी लगा हुआ है दोनों चीजें हैं और सोने का भाव तो वैसे भाग रहा भाई ऐसा नहीं हो सकता था ऐसा नहीं हो सकता है कि लेडीज लोगों को गोल्ड ना खरीद पान दे दे गोल्ड पान, देखो मेकिंग भी नहीं ज़्यादा, तू अपनी शादी में दे दियो, सही बात है ये देखो भाई गोल्ड लीव आ गई है और अब ये लगेगी पान के ऊपर क्या बात है ग्रेट आप बताओ मेरे को की आपने सबसे ज्यादा लग्जरी पान कहाँ पे खाया हुआ है? दिल्ली के अंदर और दिल्ली में आपके अकॉर्डिंग दिल्ली में सबसे बढ़िया पान कहाँ मिलता है बट मैं तो आपको बोलूंगा आपको वैसे एक बार ये ट्राई करना चाहिए यहाँ पे आके आप कोई सा भी पान ट्राई करोगे ना वो बढ़िया ही है क्यों क्योंकि मैं ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कोविड की वजह से आजकल लोग वहीं जा रहे हैं जहाँ पर उनको हाइजीन दिखता है तो ये एक फर्स्ट प्रायोरिटी है नाव हर एक शॉपकीपर के लिए क्योंकि अगर आप लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करोगे तो शायद कोई आएगा भी नहीं तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आजकल और आप देख सकते हो ग्लव्स पहन रखे हैं, मास्क पहन रखा है हेयर कैप पहन रखा है तो जो काम कर रहा है उसको अपने आपको तो बढ़िया से सेफ रखना ही रखना है ये हमारा बन गया पान। और ये चटनी थोड़ी सी कौन सी है ये ये मीठी चटनी होती है केसर वाली जी। ओके तो ये देखो भाई ये हमारा अभी केसर भी जाएगा ये देखो केसर और ये, ये हमारा अच्छा गोल्ड लाइची भी है लाइची भाई बहुत लोगों को पसंद है ग्रेट। अब एक बार हाथ में तो में उठा के और ये दीपन खाएगा ओ भाई साहब मतलब आज तो मजा ही आ गया और आपने सभी ने देख लिया है कि पान के फायदे कितने होते हैं और आप मुझे बताओ नीचे कमेंट करके कि आप जब यहाँ पे आओगे तो कौन सा पान खाना पसंद करोगे इसके बाद हम आपको एक और वीडियो दिखाएंगे इनके पान की वैसा पान तो आपको दिल्ली में क्या पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा तो ये देखो भाई अब हो रही है इसकी टेस्टिंग <laughs> <laughs> फिर पाल दिखा दिखाइए कैसे फीलिंग आप देख सकते हो हर एक चीज आपको दिखाइए की भाई क्या कैसे बनाए ये सुपर गुड लग रहा है आप देख सकते हो कितना बढ़िया बाइट लिया है इसने और सारे इंग्रेडिएंट्स दिख रहे हैं ग्रेट कैसा टेस्ट है बढ़िया तो आप भी ये पान ट्राई कर सकते हो आपको क्या करना है बस ऊपर लिंक दिया हुआ है वो लिंक पे क्लिक करो और आपको दिख जाएगा कि ये पान का ऑर्डर ऑनलाइन देके के आप घर पर मंगवा सकते हो तो ऊपर वेबसाइट पर लिंक देखा है बाय बाय